नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मक्खी चैनल पे तो आप लोग कैसे हो आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बहुत ही खुश होंगे और पूरा पबजी का मज़ा ले रहे होंगे तो आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से आज एक बार फिर से लैंड कर लिए हैं पायलट के प्लाजा में और लैंड करते ही आज मैं बहुत गुस्से में हूँ बहुत ही मारूँगा बहुत ही बंदों को किल करूँगा क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैं गेम प्ले लेकर आया हूँ तो मुझे स्कारी मिल गई है और एक की एम मिल गई थी ए की एम मैंने उठा ली थी हमारे जो साथ खेल रहे हैं किलचोर जी किला रासू और एक रैंडम प्लेयर है कोई तो वो कह रहे थे हमको एम दीजिए ए की तो मैंने एम दे दी है उनको क्योंकि बंदूक उन्होंने उठा ली थी बिना गोली के बिना एम के बंदूक बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि शादी होने के बाद दुल्हन घर पर ना आए तो मैंने उनको ये मुद्दे दी हैं और पायलट प्लाजा में कुछ नहीं एनिमी एक भी आए नहीं हैं मज़ा हमको नहीं आया बिल्कुल आप देखते जाइएगा गेम में बहुत मज़ा आएगा आपको शुरू शुरू में थोड़ा एनिमी नहीं मिल रहे हैं यहाँ क्योंकि पायलट प्लाजा में तो बहुत सारे आते थे इसीलिए हम आए थे कि आज पायलट प्लाजा में जाएँगे बहुत सारे एनमी को किल करेंगे लेकिन यहाँ पर आए ही नहीं डर गए घोसाल मक्खी को एक दो बोट आए थे उनको हमारे टीम समेट रहे हैं पूरे लपेट लपेट के मार रहे हैं उनको लेकिन यहाँ पर एक रियल प्लेयर है लेकिन उनको पता नहीं है हमको पता चल गया इधर है इसको भी हम समेट समेट के रख लेते हैं समेट के इसको लॉबी में भेज देते हैं फिर चलते हैं अपने मिशन पर जहाँ पर हमको कितने सारे एनिमी मारने हैं जिससे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोगों को वीडियो आप लोग जब वीडियो देख कर पूरा ख़त्म हो तो आपको लगे कि हाँ वीडियो में कुछ दम है कुछ अच्छा प्लेयर है पबजी का जो अच्छा खेलता है तो आप ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना ही पड़ेगा पूरा वीडियो आप पूरा वीडियो देखते जाइएगा मज़ा नहीं आएगा तो बताना आपको लोग जो प्रो प्लेयर खेलते हैं उनसे बेस्ट गेम आपको दिखा दिखाएँगे इसमें तो यहाँ पर एक रियल प्लेयर था जो हल्का से मुझे दिखा था मैंने बिना स्कोप के ही इसको किल कर दिया है अब हम अपने टीम से कह रहे हैं कि सब लोग यहाँ से चलिए क्योंकि एक रेंडम प्लेयर हैं वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो बड़ा टाइम लगा रहे हैं लेकिन वो उनको बोट मारने का बड़ा शौक़ है तो बोट मारने में जुटे हैं हम भी सोच रहे हैं जब ये सब लोग मार रहे हैं तो हम भी एक दो किल अपने बढ़ा लेते हैं कुछ फ़ायदा ही मिलेगा तो अब यहाँ पर बोट भी ख़त्म हो चुके हैं तो किला किलासूर जो कि पायलट प्लाजा में एक फ्लेयर गन लाल वाली वो पा गए थे उन्होंने चला दी है और प्राइवेट ड्राफ्ट एक मंगा लिए हैं सरकारी ड्राफ्ट तो बहुत सारे लोग लूट लेते हैं लेकिन प्राइवेट तो स्पेशल मंगाने पर ही आता है तो मैंने मंगा लिया है और इसमें ग्रोजा और एमके आई है तो मैं ग्रोजा उठा लेता हूं क्योंकि ग्रोजा ड्राफ्टेड गन कोई भी हो वो जो नॉर्मल गन होते हैं उनसे सबसे ही अच्छी होती हैं तो मैंने ग्रोजा को उठा लिया है और अब हम सब लोग गाड़ी में बैठ के चलते हैं एनमीज के पास यहाँ पर एनिमी हैं क्योंकि हमें आपको दिखाना है एक रसिंग गेम प्ले जिसमें केवल और केवल धुआंधार मार हो और कुछ नहीं तो अब पहाड़ी के पीछे यानी कि चर्च के आसपास एनिमी का पता चल चुका है हमें और हम सब लोग पहाड़ी पर चढ़ गए हैं देखते हैं एनिमी है या नहीं है क्योंकि जानकारी ही केवल मिली थी और एनिमी है क्योंकि उनकी एक पगी खड़ी मिली है देखते हैं कितने एनिमी हैं ये एनिमी एक दिख गया मुझको और किलर आँसू उसको बराबर मार रहे हैं हमारे टीममेट हैं मैंने भी एक को अच्छा खासा डैमेज दे दिया और नक भी कर दिया है लेकिन कितने में हमारे टीममेट जो किलर आँसू है बोट जैसा खेल रहे थे उनको भी किसी ने पेल पाल दिया है और पेल पाल नहीं दिया है पेल पाल के रामपाल भी बना दिया है उनकी पेटी बन गई लाबी में चले गए हैं गुस्सा होकर के वो ऑफलाइन भी हो गए हैं लेकिन एक मेरा रैंडम जो प्लेयर है वो भी अच्छा खेल रहा है और गोसाल मक्खी भी नहीं गौसाल मक्खी नहीं किलचोर जी वो भी अच्छा ही खेल रहे हैं दोनों लोग तो मैं सीधे इनके अब डैमेज बहुत हो गया था अब मैंने सोचा रस कर देते हैं तो मैं स्काई से तुरंत नीचे गया नहीं तो ये रिवाइव पा जाता फिर दिक्कत हो जाती तो मैं पीछे घूम कर इसको देखिए ग्रोजा से कितना अच्छा मारूँगा ये देखिए अब आपको ज़रूर मज़ा आया होगा कि मैं इस इसकाई से कितनी जल्दी आया हूं एक बंदा समझ नहीं पाया होगा कि इतनी जल्दी आकर ये मुझ पर रस कर देंगे लेकिन क्योंकि ये गौसाल मक्खी का खेल है कुछ भी हो सकता है आप लोग देखते जाइएगा कितना मज़ा आएगा एक बोर्ड था मैंने सोचा इसको लपेट लेते हैं साथ में इसको भी पेल के रामपाल बना दिया है मैंने अब जो है एक नई गाड़ी से चलते हैं क्योंकि वो डैमेज हो चुकी है ऊँचे ऊँचे भी है वो है नहीं तो अब इससे हम जा रहे हैं इसी टाइम पर एक फिर से हमारे बोट चचा ने हमको फायर दे दी है कि हमें भी आप अकेले ना छोड़ो मेरी बोटनी को तो आपने मार दिया है तो हमें काहे छोड़ दे छोड़कर जा रहे हो तो मैंने भी सोचा इसको उसकी बोटनी के पास देखो पीक लेके मैंने मार दिया है और ये भी चचा जो है अपनी बोटनी के चच्ची के पास चले गए हैं तो अब हम सब लोग यहाँ पर एनमी जितने थे उनको सब फिनिश कर दिए हैं अब हम चल दें हमारे किल जो है पाँच हो गए हैं यहाँ पर बात किल की नहीं है बात होती है कि कितना अच्छा गेम खेला गया है कितना ज़्यादा डैमेज विपक्षी ने हमको दिया है तो हमको ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाए हैं लोग देखिए ये सरकारी वाला ड्राफ है सरकारी वाले ड्राफ्ट के पास लुटेरे पहले से लूट रहे हैं क्योंकि हम दो ही लोग आए थे तो हमने सोचा वहाँ पर रस करना ठीक नहीं यहाँ पर थोड़ा कबर में आ जाए फिर इन पर इनसे जो ड्राफ्ट जो लूटे हैं उनको छीन लेते हैं और ज़रूर छीन लेंगे हम क्योंकि ड्राफ चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट केवल गौसाल मक्खी की लॉबी में जब कोई है तो गौसाल मक्खी लूट सकता है ये देखिए चाचा लूट कर जा रहे थे इनको मैंने ज़मीन पर लेटा दिया है और लॉबी में भी भेज दिया है वापस अभी एक और इनका टीममेट बचा है उसको मेरे टीममेट ने भी लॉबी में भेज दिया है और अब इनसे जो है जो लूटे थे ये इनसे हम गन वापस ले लेते हैं तो हम दोनों ने इन दोनों को पेल पाल के रामपाल बना दिया है अब जाएंगे देखेंगे कि सरकारी ड्रॉप में आया क्या था सरकारी ड्रॉप देखने में देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है और तभी जो है मुझे दाएं साइड से मैं ड्रॉप लूट ही नहीं पाता हूं कि फायरिंग आने लगती है और मेरे टीम मेट जो है उस पर फायर कर देते हैं जिससे एनमी का निशान भी आ जाता है और यहाँ पर भी एनमी है देख लीजिए मेरा कुछ एम सही नहीं बैठा इसलिए बच गया नहीं तो ये लॉबी चला जाता वापस लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं ये है? आप देखते जाइएगा इसको मैं कितना अच्छे तरीके से मारूंगा। आप लोग जो है इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही डालोगे हमको पता है आपका मन नहीं मानेगा बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए इतना अच्छा ये क्ल करूँगा मैं इसको देख लीजिए और एक नहीं दो, दो आ गए इसके दोनों को मैंने किल कर दिया है अब आप सोचोगे कि इनके पास या स्टोल्व थी तब भी ये लोग हमको नहीं हल्का सा एक गोली भी नहीं छुआ पाए और दोनों मारे गए देखिए ये चर्चा के नशे में दून तो बड़े नशे में चल रहे थे ये समझ रहे थे कि जैसे इन आराम से ऊपर चढ़ जाएंगे इनको हमने चढ़ने नहीं दिया नीचे उतार दिया लेकिन इतने में मुझे उस पड़ोस वाले घर से कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया लेकिन एक अच्छा टीम होना इसीलिए ज़रूरी है जिसने मुझे मारा था उसको मेरे टीम ने तुरंत नॉक कर दिया लेकिन इतने में मेरे टीम को किसी ने नॉक कर दिया है और मैंने उसको पेल पाल के रामपाल बना दिया और मेरा चिकन डिनर हो जाता है मैंने 10 किल किए हैं और 10 दस के दसों एक सुपर किल हैं आप लोग देखोगे तो मानोगे कि हाँ एक एक प्रो वाला गेम प्ले है आप लोगों ने देखा होगा आपको अच्छा लगा होगा अन्य जो वीडियोज हैं उनसे बहुत ही अच्छा बना है उम्मीद करते हैं आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अब आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें